तो गुड मॉर्निंग गाइड्स कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम बैक टू न्यू द गेम प्ले वीडियो तो गाइड्स आज हम लोग दोबारा से न्यू गेम खेलने जा रहे हैं हॉरर होता है क्या है कि आज हमारा बर्थडे और हमारे फ्रेंड ने हमको गिफ्ट दिया है वो भी टिकट जो हम मॉल में जाते टिकट देते वो स्केप्ड रूम का जो हमको स्केप करने है वो भी रूम में वो भी हॉरर्स वाले रूम में हेलो वेलकम टू स्टिक्स स्केप गेम ओके इट्स गो ना बी क्रेजी बीट एंट्री आर यू रेडी ये रेडी आई एम रेडी कॉन्ट्रैक्ट ओ येस आई लीटर डिटेल इफ यू वैन डेप दिस नॉन डिस्के अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर ओके ओ माई गॉड ये क्या था यस yes, यस yes, तो गाइड्स हमें किसी भी हालत में ये गेम स्केप करना ही है अगर हमने ये गेम स्केप कर लिया तो आपको सब्सक्राइब करना ही होगा किसी भी हालत में आपको सब्सक्राइब करना हम गेम तो स्केप करके ही रहेंगे आज तो किसी भी हालत में स्केप करके ही रहेंगे हम इधर एक सोए हुए हैं और हमें ये क्रोबार मिला है वो क्रोबार हम कहाँ पर लगाएंगे तो आइटम और में क्या ये हाथ में कुछ खून वगैरह है डाउन हमें ये क्रोबार से ये जो जेल है उसको स्क्राई करना होगा और अंदर जो चाकू है उसको हम आराम से आसानी से बाहर निकाल सके तो फिलहाल गाइड्स हमारे पास चाकू भी आ चुका है ये क्या है ओके okay. ओके तो गाइड्स अब इस गेम में ये करना क्या है कि ये जो सॉल्यूशन वगैरह है ये जो ट्रायंगल दिख रहे हैं ये एक सॉल्यूशन है इसकी वजह से हमें एक कोड मिलेगा जो हमें वहाँ पर कोड की वजह से हम आगे जा पाएंगे स्कैप कर पाएंगे इस रूम को तो हमें करना क्या है देखो ये या मैं हिंट तो नहीं लेनी मुझे समझ में आ गया क्या करना क्या है क्या ए देखो ये ए वो बी और ये सी तो हमें ए प्लस ब, ए बी फिर सी को हमको प्लस करना है मतलब जी जो जो थर्ड है वो सेकंड को इंटू करना है मतलब तीन इंटू दो तो छः हुआ और पाँच इंटू दो तो कितना हुआ दस और दस प्लस दस प्लस छ को प्लस करना है तो दस प्लस छवल टू सोलह इसका हुआ सोलह और ये जो फर्स्ट है उसको पाँच में और ये पाँच हुआ यानी सात सात इंटू पाँच सेवन तो फाइव फै, और पाँच फोर्टी इसका हुआ फोर्टी तो ये जो नाइन है ये जो सिक्स है तो नाइन सिक्स जहाँ फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर और टू टू सिक्स ज़ टूवेल्व फिफ्टी फोर प्लस ट्वेल्व सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सिक्स तो गाइड्स उसका अकॉर्ड यह हुआ कि सिक्सटीन फोटी और सिक्सटी सिक्स मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए क्योंकि मुझे ये सब काउंट करके मुझे पता लगा कि यही होना चाहिए मुझे लग लगता कि यही होगा अगर यही होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत मेहनत लगती है सब्सक्राइब कर दो आप बड़े यूट्यूबर को भी करते हो अच्छे से छोटो यूट्यूबर को भी कर दो माँ भी एक दिक्कत है थोड़ा सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ चलो तो से एक सीट होते और वहाँ पर कोड डालते हैं कोड क्या था वन वन यहाँ पर जीरो नाइन एट सेवन सिक्सटीन यहाँ पर और यहाँ पर जीरो और जीरो और यहाँ पर सिक्सटी सिक्स सिक्स सिक्स तो फ्रेंड्स मैं सही था मैंने अपना वादा निभाया आप अपना वादा निभाओ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और इस चाकू से हम बैग को खोलेंगे और इसके अंदर क्या निकला तो इसके अंदर कुछ तो है हमें कुछ तो इसके अंदर मिलेगा पहले हम वहाँ पर जाते हैं और ये छोटे तो में तो ये क्या हो रहा है अब इस बॉक्स के अंदर तो कुछ नहीं हमें इसके ओ ये रहा वो हम वहाँ पर लगेगा बॉक्स के ऊपर इसको हम बॉक्स पर लगाएंगे बॉक्स खुल गया इसके अंदर हमें ये कुछ केमिकल मिला और ये केमिकल हम वहाँ पर जो हैं इसके अंदर लगाएंगे आइए ये ऊपर लिखा हुआ है हम इधर टच लगाएंगे तो हमें वो हो जाएगा ये मेरे को पता था वैसे गर्म और ये कुछ निकला है इससे क्या होने वाला है इससे जो बैग में था वही निकलेगा लग रहा है मेरे को मुझे वापस बाहर आना चाहिए हाँ इस, इस बैग के अंदर लगाएंगे हम और उसके अंदर कुछ क्या निकला ये लाइटर गाइड्स लाइटर है ये तो और ये लाइटर हम जो स्पाइडर है वहाँ सामने दिख रही थी अंदर जैसे अंदर जो स्पाइडर था जो स्पाइडर है उसके अंदर हम लगाएंगे ये स्पाइडर और इसको हम जलाएँगे तो ये जल के रहा बिल्कुल और ये क्या गाइड्स ये जो रेड कलर का है इसको कैसे करने का आप इसे दरवाज़ा खोलेगा तो गाइड्स आपको ये कुछ दिख रहा है हेल्प यहाँ पर भी रेड कलर का और वहाँ पर भी रेड कलर का तो मैं ये हेल्प वहाँ पर भी हेल्प शायद हो यही होगा मुझे लग रहा है जी हमें चारों ओर से घुमाना होगा इसको हम घुमाते हैं इसको उसको एच का प्रकार देते हैं पहले तो ये लेगा एच का प्रकार हाँ इसने एच का प्रकार ले लिया हेल्प पर ये है और ये ई और ये एल होगा तो हमने एल की और तो मोड़ दिया अब हम ये पी की और मोड़ते हैं ये लग जाएगा हाँ ये पी भी लग गया तो गाइड इस हमें इसमें एक की मिल गई और ये की कौन से डोर की है इस डोर की शायद रामर को लगभग लग नहीं ये इस डोर की की नहीं है तो किस है ये की कौन से डोर की है मुझे लग रहा है बाहर की ओर है वो डोर उसकी की लगभग लग रहा है ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाली नहीं है जो हमने ये जोड़ होड़ किया था उसके पीछे ये जो की लगती है ना ये इलेक्ट्रिसिटी पावर स्विच की है और इसके लिए हमें स्विच मोड पर ऑफ करना पड़ेगा स्विच को ऑफ कर दिया और ये हमें मैन दरवाजे की मैन की की मिल गई फाइनली तो गाइड्स फाइनली हमें ये की मिल गई और ये दरवाजे पर लगेगी हाँ इसने ये लग गई मेंडोर पर भी एक ही लग गए तो फाइनली हमने ये रूम स्केप करके दिखाई दिया आपने आपके भाई में गाइड्स हम नेक्स्ट रूम में आते हैं और इसमें क्या है कि आपने एक चीज़ नोटिस की हर चीज़ में हर पाइप में जोड़ा हुआ और इस पाइप में जोड़ा नहीं होता जो बीच में था उसको हमने निकाल दिया और इसको हम कहाँ पर लगाएंगे गाइड्स और ये दरवाजे में इसमें क्या है वो अलग से एक होगी और ये जो फैन घूम उसका भी इस गेम से कुछ रिलेशन लग रहा है मेरे को तो और गाइड्स इस कैसे में ना आ गए और इसके अंदर क्या है ये क्या है अच्छा ये जो हम बाथरूम पे ये लगाते हैं ना? ये नहीं है ये मुझे लग रहा है ये इसको भी हमने ले लिया और इसको हम वहाँ पर लगाएंगे ये जो स्विच लग रही है मेरे को तो जो टैप लगाया और होंग करके निशान है नहीं उधर नहीं ये हाँ तो इसको खोदना जरूरी और इसके अंदर क्या मिलेगा गाइड्स ओ ये इलेक्ट्रिसिटी जो ये फैन घूम रहा है उसका ये और इसको हम स्विच कैसे बंद करेंगे इसको हम टच करके भी नहीं कर सकते इसको कैसे करेंगे इसको यहाँ पर नहीं ये भी यहाँ पर नहीं लगेगा इसको तो गाइड्स इसके लिए हमें यहाँ पर भी नहीं लगेगा ये क्या है गैड्स गाइड्स इसके अंदर से हमें वो मिलेगा जो ये इसका क्लू हमें मिल गया एक गाइड से क्या जो हमें ये वाटर का जो पाइप आते हैं पानी के ये ये हमें चालू करने के लिए जो बाथरूम का ये नया था पानी चालू करने के लिए उसका ये है तो इसको यार घुमाने के लिए हमें इसको चालू करने के लिए मैं इसको ऊपर की ओर करना और इसको न्यू बता रहा है साफ साफ दिखा रहा है क्या करना है और हमें इसको घुमाना पड़ेगा उसको इस तरह घुमाना पड़ेगा तो ये होगा ये तो इसको इस तरह घुमाना पड़ेगा सीधा और उसको थोड़ा उस तरह घुमाना पड़ेगा का दिमाग काम करना बंद का हो गया इसको हाँ हाँ इस तरह घुमाना पड़ेगा हो गया एट right, फाइनली हमने पाइप का जो ये होता वाटर वाला हमने चालू कर दिया आप उसको टच करेंगे इतनी होगा भी बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है पहले तो ये नल की जरूरत है और हमें ये जो फ़ैन है उसको स्विच ऑफ़ करने के लिए हमें ये पकड़नी है आता उसका भी ज़रूरत है और भी चीज़ें उसकी ज़रूरत है अभी तो ये सारा सोचने के बाद मुझे सोच में आया कि जो है कि ये जो डोर्स इसका की था और इसके अंदर ये जो पक्ड़ है वो हमें स्विच ऑफ करने के लिए मिलेगा और ये हमें मिल भी गया और गैट इससे हमारा ये जो हुआ फैंस वो बंद हो चुका है और इसके लिए हमें इसके ऊपर कुछ नल्स दिख रहा है एक जो ये पाकड़ा इसके ऊपर नल्स और इसको हमने किसका है और ये रहा साइड्स में कब का सोचू तो मिले मिलेगा कहाँ तो गाइड हमें बैक की ओर जाते और ये बाथरूम की ओर जाते और इसको हम इधर लगाते हैं तो गई सब ये लगा लिया और इसको हम ऑन करते ना तो पानी आना चालू हो रही है और इसके अंदर में की मिल गई पानी ऊपर आया और ये की हमें रॉन्ग वाले डोर पे लगेगी और तो गाइड्स हमें बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमें जैसे यूट्यूबर को सपोर्ट कीजिए गाइड्स हम बहुत मेहनत से लगाते प्लीज़ हमें एक बार सपोर्ट कीजिए गाइड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम एम करते सब्सक्राइब सब्सक्राइबर तक पचास सब्सक्राइब करवा दो हमें और भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे उसी तरह इस वीडियो के कारण हमें बहुत सारा तबली पड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और ख़राब हो चुकी थी उसके कारण हम दो तीन दो चार दिन हम वीडियो नहीं ला पाए और हम वादा करते हैं कि आप रेगुलर वीडियो आएगी इस चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो अपने जिसके रिलेटिव आपको वीडियो मिलते रहेगी और आपका फेवरेट पार्ट कमेंट कीजिए और आपका फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू